कि हमारे दिल में उतर ला लाहा ला कोई नहीं है तेरे सिवा अल्लाह करे ईमान की हमारे अंदर उतर जाए से भी भी हम कह रहे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और यकीन की सूरत में उतर जाए के ला लाला एला कोई नहीं है तेरे से बासू और मोहम्मद और मोहम्मद और हमारे जो अल्लाह जू में गुजरे के अल्लाह हमारे लगा लगा इस कि तुझे कैसे राजी एल तुझे कैसे मनाऊ एल्लासे जिंदगी गुजारने के लिए कहा और मैं कैसे गफलतों में डूबा हुआ मैं कैसे में डूबा हुआ कई कहीं जाग के जाल में फंस गए कई दुनिया की में फंस तो गए, उनकी आमद के लम्हों के सद् में आज हमारे दिल की दुनिया बदल आज हम पर अपने कर्म की इंतजार कर देना बातरी झोलियाँ भर के जहाँ से उठी सबकी दुनिया की मुश्किल जो कोई अपनी किसी मुश्किल या परेशानी में है तो इस प्यारी महफिल के प्यारे सद्के में, में भी दूर और हमें आखिरत में भी सब में खड़ा करना शर्मिंदगी से, बचा लेना। उस उस से बचा लेना। मेरे मालिक तुझे वास्ता देते है तेरे हबीब और अपने आका है दोलाम जिन पर लाखों करोड़ों दरूदोसलाम हो और जैसे की आप सब जानते हैं और हम हम तो जानते हैं हमें तो गलिया फूलों तो की जिक्र कि करने वाले हैं वो जिनके आने का अल्लाह ने अपने कमो पेश एक लाख चौबीस हूं आए कराम को भी बताया फिर अल्लाह ने खुद बताया की बचे तकनीक कायनात मेरे हबीब्ला का मुफर कर दिया मैंने तुम्हें भी उन्हीं के लिए बनाया मैं एक लाख चौबीस हजार मिलवा देंगे उस रब से मिलवा देंगे और वो जो रहमत है तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर किसी एक जहान के लिए नहीं किसी एक उम्मत के लिए नहीं किसी एक मखलूक के के ले आए जिनकी जिनकी जिनकी मोहब्बत आज भी हमारा दिल में रखा। अपनी उम्मत के लिए कौन कौन सी दुआ मेरे आके और मैं हम सब खुशकिस्मत में शामिल थे और आपका उम्मत ही होना हमारे लिए इतना बड़ा एहसास है कितने नफियों पे हम हसरत की आला तो हमें देता तो हमें इनका उमत ही बना दे इतनी मोहब्बत इनकी अपनी उम्म ऐसी और इतना मकान इनकी उम्म का किस वजह से क्या हमारे काम ऐसे है नहीं सची बात है काम नहीं है हमारी नस्बत ऐसी हमारी नस्बत ऐसी जिसकी वजह से हम इतने किस्मत वाले बन गए हैं जिसकी वजह से हम इतने मुकदर वाले बन गए हैं जिसने हमें फिर किस्मत वाला बना दिया जिनकी मुहब्बत ने हमें मुकदर वाला बना दिया तो हम क्यूँ ना उनके गुनगाए क्यों ना उनकी आमद की खुशियां मनाएं क्यों ना दिल से मोहब्बत से उनका जिक्र करते फिरे जरूर सलाम हमारे दबों पर रहे और वो मैं अक्सर एक, एक बात कहती हूँ कि ये कैसा रास्ता है ये कैसा मोहब्बत है अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता ये ईमान का रास्ता हमें कहा जाता है कि तस्दीक बिल निशान भी करो और तस्दीक बिल कल भी करो जुबान से भी गवाही दो दिल से भी गवाही दो तो आज जब हम उनकी तारीफे सुनेंगे पढ़ेंगे तो अपनी जुबानों को भी करना और अपने आप जैसा तो कोई है ही तो मिलकर मोहब्बत से गुरुदाक सु से गुरुद पाक में सातार भी है जिसमें आपकी आमद के लम्हों का भी जिक्र किया जा रहा है तो बस दिल ही दिल में उस खुशी को महसूस करते रहना इनशाला आगे आपको वला दत के हवाले से भी वाकआत में आजाद बताऊंगी कोशिश पूरी करूंगी अच्छे तरीके से आप लोगों का कार्य ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत और प्यार के जो है ये सबक पहुंच सके ये अहसास पहुंच सके जो हमारे दिल की